ये बम बम पेश अरे ये ये चाचा ऑर्केस्ट्रा वाली हां आज तो देखा कच रहीला कमर क ले देख ल चाचा इनका कमाल थोड़ी में तो हारा हमारे हा, दी हम गोली अरे दे हम गोली लड़का है यादव जी की के, केहू नहीं बोली केहू ना के, के नहीं बोली मैया मैया के चांदी में कौन हिलोई करिए नोरम सीधा के न के करो से कम फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटरागढ़ चामुंडा स्थान मुजफ्फरपुर के दी है। उठा के के के दी है कौन से देखे, तो देखे लागई सीधा करो से कम तो हर खोला खोला छोली हाँ देवराजी बजे पैले तू बजे तू तू इतना कर सीधा सपोरी तो के छाऊ राना के करो से कॉम्बा सीधा सपोरी तो के छाउ राना के करो से कॉम्बा मेघा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटरागढ़ चामुंडा